हेलो गाइस आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आज की रेसिपी है लिमका सोडा और नींबू पानी बनाना तो आइए स्टार्ट करते हैं लिमका सोडा और नींबू पानी बनाना लिमका और सोडा बनाने के लिए हमने ये तीन नींबू लिए हैं इनको हमने कट कर लिया है और ये हमने लिमका लिया है ये सोडा लिया है और ये हमने भुना हुआ जीरा लिया है आधा चम्मच और ये थोड़े से हमने पुदीने के पत्ते लिए हैं ये काला नमक लिया है सबसे पहले हम नींबू पानी बनाएंगे फिर उसके बाद हम लीमका सोडा बनाएंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और अब मैं इसमें ये पुदीने के पत्ते डाल दूँगी और साथ ही मैं इसमें ये नींबू निचोड़ लूंगी मैं इसमें दो नींबू निचोड़ूंगी और एक नींबू मैं लिम्का सोडा में इस्तेमाल करूंगी और अब मैं इसके अंदर एक गिलास पानी डाल दूंगी साथ ही मैं इसमें ये काला नमक डालूंगी स्वाद अनुसार और भुना हुआ जीरा चौथाई चम्मच और अब मैं इसको ग्रैंड कर लूंगी और अब मैं इसमें एक बड़ा सर्विंग स्पून बर्फ डालूंगी और इसको मैं ग्रैंड कर लेती हूँ और अब मैं इसे खोल के देखूंगी और ये हमारा नींबू पानी बनकर तैयार हो चुका है मैंने इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है आप चाहे इसमें चीनी भी डाल सकते हैं और अब मैं इसे गिलास में डालूंगी मैं थोड़ा सा इसमें भुना हुआ जीरा ऊपर से डाल दूंगी ये हमारा नींबू पानी बन चुका है अब हम लींब का सोडा बना के तैयार करेंगे मैंने एक बर्तन लिया है और इसमें मैं सबसे पहले नींबू को निचोड़ूंगी जो मैंने एक नींबू बचाया हुआ था उसको निचोड़ लूंगी इसके अंदर इसमें ये सोडा डालूंगी हाथ ही मैं इसके अंदर ये का डाल दूंगी इसके अंदर नमक डालूंगी नमक अपने स्वाद अनुसार डाल लेना इसमें और अब मैं गिलास के अंदर ये एक चली स्पून बर्फ डाल दूंगी और अब मैं ये लिम्का सोडा को डाल के तैयार कर लूंगी और ये हमारा लिम्का सोडा और ये नींबू का सिकंजी बनकर तैयार हो चुकी है अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद